चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से महोदय देश के सबसे बड़ा राज्य होने के कारण हमारे कई जिले ऐसे हैं जहाँ जिला मुख्यालय के कोने से दूरी 100 किलोमीटर भी अधिक है और इस कारण आम जन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसके साथ ही कई जिलों की जनसंख्या भी अत्यधिक होने के कारण प्रशासन का हर परिवार तक पहुँचना बहुत कठिन होता है जिला अपेक्षा से छोटा होने से प्रशासन व प्रबंधन तो कानून व्यवस्था पर निगरानी नियंत्रण सहज व सुगम हो जाता है देश के विभिन्न राज्य नए जिले बनाने में हमसे आगे रहे हैं देश के विभिन्न राज्य नए जिले बनाने में हमसे आगे रहे हैं वहाँ पर जिलों की संख्या दुगनी तिगनी हो गई है अभी हाल ही में भौगोलिक दृष्टि से हमें छोटे राज्य वेस्ट बंगाल ने भी नए सात नए जिलों की घोषणा की है इसी कारण प्रदेश से भी कई स्तरों में नए जिले बनाने की मांग प्राप्त हुई है हमने इन प्रस्तावों के विस्तृत अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठन किया था जिसकी अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है इस विषय में प्राप्त समस्त प्रस्तावों, प्रदेश की वर्तमान प्रसाद इकाइयों की संरचना का विस्तृत अध्ययन एवं विवेचना के उपरांत अब मैं प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ नंबर एक अनूपगढ़ गंगानगर से है नंबर दो मदन पाल, मदन प्रजापत के वो मुझे बनवाने हैं अरे आप भी बताओ भाई चप्पल तो बनवाओ चप्पल चपल बहे तो, तो इसमें आप साथ दो ये जिले कोई को जिले कोई एक स्पष्ट थोड़ी है सबका जिला भाई जिलों में सबकी ताली के साथ बननी चाहिए तब तो मज़ा आएगा ज़िले बनाने का भी अनूपगढ़ बालोत्रा हो गया दो ब्यावर तीन डी भरतपुर चार डीजा कुचामन पाँच दूध दूध जयपुर छः गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर सात जयपुर उत्तर जयपुर जयपुर दक्षिण जयपुर जोधपुर पूर्व जोधपुर जोधपुर पश्चिम जोधपुर केकड़ी अजमेर अजमेर केकड़ी कोतपुतली बैरोड जयपुर अलवर खैरतल अलवर खैरतल अलवर नीम का थाना शीकर फलोदी जोधपुर कहाँ शलूंगर सलूम्भर उदयपुर सेलूंगर शामशोर जालोर और कैलाश मेघवाल जी शाहपुरा भीवाड़ा इस प्रकार उन्नीस नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले प्रकार उन्नीस नए जिले बनाने के कारण 50 जिले हो जाएंगे इन सभी का प्रदेश मुकाले से, इन सभी सभी का का प्रदेश प्रदेश प्रदेश से से से से संभागीय मुख्यालयों के माध्यम होता है अतः इस प्रबंध को करने से, प्रदेश में तीन नए संभाग मछवाड़ा पाली सीकर बनाने घोषणा करता हूं इन नवीन जिला एवं संभागीय मुख्यालयों को अविलंब धरातल पर उतारने के लिए सुदृढ़ आधारपूत ढांचा मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण में 2000 करोड़ का व्यय करना प्रस्तावित है इसी के मैं अपनी बात करता हूं धन्यवाद